कैसे आप लोग आए हो सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होने चाहिए तो अपना जो आज का ब्लॉग है आज एकदम एग्जैक्ट एक चार मिनट लेट हुआ पर आया टाइम पे आ गया पर कैसा रोज रोज का कैसा था कि जो है दस मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक लेट होता था और आज सिर्फ चार मिनट लेट हुआ और मैंने जैसे ब्लॉग डाला तो मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ गए वहाँ पर तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कॉमेंट करके बताओ वो जो मैंने फ़ोन भाई को दिलाया है वो फ़ोन कैसा है और एक और चीज़ बता मैं पूछ रहा था आप लोगों से पहले भी पूछ चुका हूँ पहले वाले ब्लॉग में मैंने पूछा था आपसे कि जो मैं फ़ोन ले रहा हूँ इन्फिनिक्स जीरो ट्वेंटी करके उसका फ़ोन कैसा है अगर किसी ने लिया एक बार कमेंट करके मुझे बता दो तो वो मैं लूँगा नहीं तो फिर मैं दूसरा कोई फ़ोन परचेज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मार्केट में इतने सारे फ़ोनस सा आ गए ना तो मतलब सोचना पड़ता है कि कौन सा फ़ोन लूँ कौन सा नहीं लूँ तो फिर मतलब उस हिसाब से बहुत ज़्यादा भी आवाज़ भी यहाँ आ रही है तो कल इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी ना नई हाँ वो भी बताना है तो कल इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि मैं मैं मेरे जॉब पे ऑफिस तक पहुँचने में मतलब ज़्यादा से दस मिनट का रास्ता भी नहीं था उतना मुझे डेढ़ घंटा लग गया वहाँ तक पहुँचने में सोचो इतनी ज़्यादा बारिश थी रुको थोड़ा सा ज़्यादा था बारिश हो थोड़ा से ज़्यादा था बारिश हो थी और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है देख रहे हो कितने पसीने हो रहे तो चलते फटाफट से अभी बहुत धूप भी यहाँ पर नहीं तो लेट हो जाएगा कल की तरह अगर फिर से लेट हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगता ना सामने वाला वाले कुछ नहीं बोल रहा है फिर भी टाइम पे पहुँचे तो बेस्ट रहता है किसको बोलने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए तो आपको मैंने बोला टेन के का अपना एम है टेन के सब्सक्राइबर का आपने अभी तक कुछ दिया नहीं प्लीज़ वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर करो कि सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मतलब मैं फिर नया कॉन्टेंट लाऊँगा फिर कैसे मेरा पूरा फोकस यही रहेगा कि ये चैनल अब ग्रो हो रहा है तो अभी इसको भी मुझे लेके जाना है तो मैं जॉब भी एक टाइम के लिए छोड़ दूंगा मेरे को ऐसा जहाँ मुझे लग रहा है कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ बस बस चैनल के लिए तो आप मेरे को टेन के सब्सक्राइबर करवाओ मैं जॉब छोड़ता हूँ फिर उसके बाद मैं अपने चैनल पे फोकस करता हूँ इ अभी जस्ट मैं जॉपर से आया देख रहे कपड़े उतारा नहीं हूँ और कल भी यहीं पे बैठ के मैंने व्लॉग एंड किया था और अभी ये देखो ये एक ब्लॉग का जो है अपना आ, एडिटिंग हो के फ़ोन से एडिट करता हो ज़्यादा मेरा कुछ है नहीं अभी लैपटॉप टॉप से नहीं करता तो ये चेक कर रहे हो गाइज़ अभी कितना परसेंट हुआ है एक मिनट कुछ क्लियर नहीं हो रहा है हाँ ये रहा तो अभी फोर्टी कितना परसेंट हुआ सिक्सटी हुआ है तो ये अभी एडिट होके अपलोड हो रहे तो ये इतना था उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया पसंद आया तो लाइक कमेंट कॉमेंशिवा चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस इस वाले फ़ोन की कैमरे की क्लियरिटी कितनी आ रही है बाहर आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना और उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया पसंद आया तो लाइक कॉमेंशिवा चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करो और इस कैमरे की क्लियरिटी अच्छी है तो मुझे एक बार कॉमेंट में बताओ तो ये फ़ोन अपन परचेस करते हैं भाई को दिया हूँ ले लूँगा इसमें क्या है सब अपना ये